राम राम दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल एस्ट्रो पे दिनांक 2 अगस्त 2018 का दैनिक राशिफल क्या कहता है आज का राशिफल मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए और शुभ अंक शुभ रंग प्रत्येक राशियों के लिए महा उपाय दिव्य प्रयोग आप लोगों को बताएंगे श्रावण मास चल रहा है भगवान भोलेनाथ का मास चल रहा है इस मास को शुभ बनाने के लिए क्या ऐसा उपाय करें की शुभता में वृद्धि आए और आपके मार्ग में जो आ रही बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में बना बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक की मिलती रहे इसके साथ साथ दर्शकों ये भी बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक दिल्ली के हैं और मोहन चौहान जी देखिए दिल्ली से हैं राम राम जी मोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तो जो भी दर्शक हमारे दिल्ली के हैं 18 और 19 अगस्त को हम दिल्ली में रहेंगे मुलाकात आप कर सकते हैं और बाधाएं आपकी समस्या आपकी समाधान हमारा ठीक है दर्शकों और हमें लगता है कि कई हमारे दर्शक हमारा जो एक दूसरा योग का चैनल है हमारा क्या बेसिकली शिवम जी का चैनल है हमारे चैनल के ही वो हैं तो योग का काफ़ी कुछ उनको नॉलेज है काफ़ी बुक्स उन्होंने पढ़ी है तो लाइफ योगा सूत्र ये चैनल का जो है नाम है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा इन स्क्रीन पे हम लगा देंगे तो जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उनकी वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होती हैं काफ़ी रिसर्च करते हैं एज उनकी भी है लेकिन दिखने में बहुत अभी बहुत यंग लगते हैं लगता नहीं कि अभी उनकी कुछ ऐज हुई है तो काफ़ी काफी कुछ योग की फिलॉसफी वो फॉलो करते हैं और ज्योतिष का एक पार्ट योग भी है जैसे हम आपको भ्रामरी प्राणायाम बताते हैं कि राहु और के, केतु बेसिकली भ्रामरी प्राणायाम करने से देखिए राहु केतु कहीं अलग नहीं है आपके अंदर ही राहु है आपके अंदर ही केतु हैं सारे प्लेनेट आपके अंदर हैं आपको बेसिकली पहचानने की जरूरत है तो जाके आपकी मर्जी होगी उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहाँ से आपका ज्ञान अर्जन ही होगा बाकी और कोई वैसी बात नहीं है तो दर्शकों आज के यदि हम पंचांग की बात करें तो ये पंचांग आज हमारा बनारस काशी क्षेत्र से जो है स्टैंडर्ड मान के बनाया गया है कई लोगों के कमेंट आए थे सर कि काशी का पंचांग आप बताया करिए तो काशी का पंचांग हम आप लोगों को बताएंगे तो दर्शकों देखिए ये हमारा जो चल रहा है विक्रम संबद्ध दो चल रहा है सख्त संबद्ध उन्नीस सौ चल रहा है वर्षा ऋतु है श्रावण मास है कृष्ण पक्ष है और पंच, आज जो हमारी तिथि है देखिए पंचमी तो ग्यारह बज के मिनट तक रहेगी इसके बाद तिथि लग जाएगी और नक्षत्र उत, उत्तरा भाद्रपद भी दोपहर एक बज के मिनट तक रहेगा उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा बेसिकली रेवती बुद्ध का नक्षत्र है सुकर्मा योग रहेगा चौदह तक की और चंद्रमा आज गोचर करेगा मीन राशि में सूर्योदय की यदि हम बात करें तो होगा अठारह सॉरी सूर्योदय होगा पांच बजकर पच्चीस मिनट पर और सूर्यास्त होगा अठारह बयालीस मिनट तक की राहु काल एक ऐसा काल एक ऐसा समय की इस दौरान आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है तो तेरह बज के मिनट से पंद्रह बजकर इक्कीस मिनट तक की राहुकाल रहेगा यदि आपको कोई शुभ कार्य करना हो तो आप आज अमृत काल में कर सकते हैं प्रातः आठ बजकर तीन मिनट से नौ बजकर छियालीस मिनट तक की अमृत काल लगा है इसमें काम कर सकते हैं अगर इसके बाद भी कोई टाइम नहीं मिलता है तो आप ग्यारह बजकर सैंतीस मिनट से बारह बजकर तीस मिनट के बीच में भी शुभ कार्यों को कर सकते हैं पंचमी तिथि के बारे में हमने कल आपको बता ही दिया था कि जो है पंचमी तिथि को क्या नहीं करना चाहिए और षठी तिथि के बारे में जो है हम आपको बताएंगे तो दर्शकों बिसे बेसिकली जो है पंचमी तिथि को बिल्व पत्र जो है बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए था हमने आपको बताया था जो ष्ठी तिथि होती है इसमें आज तेल मालिश वगैरह शरीर पर कराना इसका इसकी पूरी पूरी मनाही है और षठी तिथि में आज के दिन खट्टी चीजों का भक्षण और दान अब खट्टी चीज पूछेंगे साहब क्या है आप लोग गोलगप्पे खाते हैं ये भी खट्टी चीज़ है तो खट्टी चीज़ों को खाना बिल्कुल मनाही रहती है और ये तिथि आज की जो है धंधाई मानी जाती है खटाई आपको नहीं खाना है अलग से कुछ खट्टी चीज आपको नहीं लेनी है आंवला वगैरह हो गया इसका प्रयोग नहीं करना है और आज की तिथि के स्वामी जो है वासुकी जी हैं और शुक्ल पक्ष में तिथि अशुभ और कृष्ण पक्ष में शुभ फलदानी मानी जाती है आज के दिन शिवजी का पूजन करना विशेष लाभदायी होता है आज दर्शकों जो है बेसिकली कई हमारे जो सिद्ध पुरुष लोग हैं काल सर्प दो जो कि होता ही नहीं कहीं लिखा भी नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर जो है वर्णन आता है हम बहुत ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देते हैं तो यदि आप चाहें तो तांबे का नाक वगैरह बनवा के जल प्रवाह कर सकते हैं वैसे उससे कुछ होने वाला नहीं है बाकी अपनी अपनी आस्था है तो आज जिनका जन्म होता है वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं पढ़े लिखे होते हैं विद्वान कुल में उनका जन्म होता है और पिता की सेवा को सर्वश्रेष्ठ धर्म समझते हैं सांसारिक भोग का पूरा आनंद लेते हैं धन धान से परिपूर्ण जीवन का आनंद उठाते हैं आज कुछ अगर परचेजिंग करनी हो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड या और भी कुछ तो आप परचेज कर सकते हैं तो आज गुरुवार के देखे, दिन देखिए दर्शकों तेल बिल्कुल भी मालिश वगैरह मत कराइएगा साबुन का प्रयोग मत करिएगा कपड़े वगैरह धोबी को धुलने को मत दीजिएगा इन चीजों का की विशेषकर आज मनाही है बाल जो है बाल हुआ दाढ़ी हुआ नाखून हुआ इसको भी नहीं काटना चाहिए सर का अपने बाल शैंपू वगैरह जो लगा के धुलते हैं आज प्लीज आप लोग मत होइएगा हर बृहस्पतिवार को आप लोग ये गांठ मान लीजिए कि ये चीज नहीं करना है और आज धार्मिक स्थान की सफाई बहुत ही अच्छा रहेगा दिशा शुल्क यदि हम बात करें तो आज दक्षिण दिशा की ओर दिशा है अगर साउथ डायरेक्शन की ओर आपको यात्रा में बहुत ही अति आवश्यक हो निकलना पड़ सकता पड़ रहा हो तो दही और थोड़ा सा गुड़ खाकर आप यात्रा कर सकते हैं दर्शकों जिनका भी देखिये बृहस्पतिवार के दिन का जन्म होता है तो विद्या और धन से युक्त तो होता है ज्ञानी होता है विवेकशील होता है और लोगों के सम्मुख वाक्यपुता में बहुत ज्यादा पारंगत होते हैं ये लोग किसी अच्छे न्यायाधीश राजनीतिक क्लर्क होते हैं उच्च कोटि के प्रशासक होते हैं गुरु होते हैं, इन सब रूपों में ये सफल माने जाते हैं। तो गुरुवार के जो जातक होते हैं बहुत ही दिखने में आकर्षक होते हैं मोहित हो जाएंगे उनको देख के अलग से ही लगेगा जब बोलने लगेंगे तो आपको लगेगा अरे क्या कोई बोल रहा है तो दर्शकों ये तो था कुछ पंचांग के दृष्टिकोण से देखिए पांच मिनट हमारा पूरा पंचांग ने ले लिया चलिए आज का राशिफल मेष राशि एरिस काम भी बहुत ज्यादा रहेगा दूर स्थान के लोगों से आज आपके संबंध अच्छे स्थापित हो सकते हैं आज लोग आपकी मेहनत से कुछ सीखेंगे निपट चुके काम एक बार फिर से चेक कर ले अच्छा रहेगा पेंडिंग में कोई काम मत रखिएगा आज बहुत थकान रहेगी खर्च बढ़ने के योग है चूंकि आज जो चंद्रमा रहेगा हमने आपको पहले ही बता दिया कि मीन राशि में गोचर करेगा आपके लग्न भाव से बारहवें भाव पर रहेगा तो ऑफिस में कुछ तनावपूर्ण स्थिति दे सकता है किसी से बात विवाद और मतभेद भी हो सकता है धन हानि होने का पूरा पूरा योग है करना क्या है आज आपको इलायची का दान धर्म स्थान पर आपको दे देना है और कुछ इलायची आपको खाके तब घर से निकलना रेड कलर आपका शुभ कलर है अंकेक आपका शुभ अंक है आर नाम और के नाम के लोगों से आज आपको सावधान रहने की जरूरत है राशि राशि आज आज का राशिफल क्या कहती हैं तो ऑफिस या बिजनेस में कोई नई पहल आज आप करते हुए नजर आ रहे करियर और सामाजिक क्षेत्र में प्रगति हो सकती है आप जो भी सोचेंगे जो भी करेंगे आज आपको उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है किए गए कार्यों का पूरा परिणाम आज आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है आज आप सही समय पर सही निवेश करिएगा आपको साझेदार से फायदा हो सकता है रोजमर्रा का का आज आज कानूनी मामले कुल मिलाकर आज सुलझेंगे कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय हासिल होगी खैर आज आपको करना क्या रहेगा तुलसी जी के पौधे के पास देसी घी का आज आपको दीपक जलाना रहेगा और कार्य क्षेत्र पर निकलने से पहले कुछ मीठा खाकर तब निकलिएगा। ब्लू नीला रंग आपका रंग आपका आपका शुभ शुभ है है। और और अंक साथ आपका अंक है। आज आपको ए नाम और एल नाम के लोगों से अलर्ट रहने की जरूरत है चलिए जेमिनी मिथुन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो सोचे हुए कुछ पुराने काम आज जो है पूर्ण होते हुए नजर आएंगे आज काफी कुछ आप रहेगा कार्य क्षेत्र और ऑफिस से जुड़ी योजनाएं पूरी होने के योग है आज बिजनेस में किए गए फैसलों से कोई बहुत बड़ा फायदा होगा कुछ अचानक आज घटनाएं ऐसी घटित होंगी कि आपके मन को झकझोर के रख देंगे मिथुन राशि के जातकों आज यात्राओं का भी योग है अपोजिट जेंडर की ओर आज बहुत ज्यादा आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं आज आपको जल में एक चुटकी हल्दी डाल के तुलसी जी के पौधे को आपको अर्पण करना रहेगा पिंक कलर आपका शुभ कलर है अंक तीन नंबर तीन आपका लकी नंबर है आपको भी ए नाम और के नाम के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है कर्क राशि की बात करते हैं तो आज का राशिफल राशि भविष्य कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कहती है तो जय हो विजय हो गोपी किशन तिवारी जी जौनपुर से हमारे हैं गोपी किशन जी जय हो विजय हो शुभम मिश्रा जी लिखते हैं पायला भैया जी शुभम जी बहुत बहुत आपको आशीर्वाद दिल्ली क्राइम प्रेस गुजरात सर मेरा नाम फला फला फला मीडिया के लोग भी बंधु हमारे ये कार्यक्रम देखा करते हैं और एक दो जो है न्यूज पेपरों से भी आया है कि राशिफल के लिए लेकिन बहुत मुश्किल है समय निकाल पाना उन लोगों के लिए आप लोगों के लिए समय निकालने ही हमारे लिए बहुत है तो कर्क राशि की यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए आज दिन खास होगा कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो आने वाले दिनों में आज फायदा करेगी किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आ जाते हुए नजर आएंगे सितारे आपके सोचे हुए काम पूर्ण करवा देंगे अचानक कोई अच्छी खबर या संकेत से खुशी मिलेगी आपको धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा कोई बीमारी है तो वह अभी ठीक हो जाएगी किस्मत का साथ और रुका हुआ पैसा आज आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है आज नया वाहन क्रय करने का योग है करना क्या है देखिए सर आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं तो अगर कुंडली दिखानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है अपॉइंटमेंट लेके आप लोग प्रोसेस से कुंडली दिखा सकते हैं मिनिमम ही फीस है बहुत ज़्यादा आपने फीस भी नहीं रखी है तो प्लीज़ सर आप सभी लोगों से जितने भी हमारे जो है सज्जन भाई बंधु लोग देख रहे हैं तो प्रोसेस से आइए अच्छा रहेगा तमाम लोगों के फ़ोन आते हम किसकी किसकी कुंडली देखें किसकी किसकी ना देखें और हमारे हंड्रेड के थ्री डिजिट पहुंचने वाला है और बहुत ही जल्द आप लोगों का प्यार रहेगा आशीर्वाद रहेगा तो वन मिलियन भी पहुंचेंगे ठीक है दर्शकों हंड्रेड के एक लाख सब्सक्राइबर होने पर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल रहेगा कम से कम बीस लोगों की कुंडली अभी हम बताए दे रहे हैं फ्री देखेंगे ट्वेंटी लोगों की कुंडली फ्री देखेंगे और पर्सनली उनसे बात करेंगे अगर वो मिलना भी चाहते हैं तो आके ऐसे ही मिल भी सकते हैं तो कुछ खास ऑफर उन लोगों के लिए निकालेंगे और बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा हमारे इस वीडियो को आप लोग जम के शेयर किया करिए दर्शकों व्हाट्सएप के ग्रुप में अपने जो Facebook के बड़े ग्रुप के आप लोग मालिक बने हैं तो कुछ सदुपयोग करिए अब जैसे हमारी वीडियो हुई या शिवम जी की कुछ अच्छी वीडियो आई है विपक्ष पे आई है मोटापा कम करने पर आई है तो उन सब वीडियो का भी लिंक आप शेयर कर सकते हैं तो कर्क राशि के जात को आज देखिए आपको करना क्या रहेगा उपाय हमने आपको शायद अभी नहीं बताया तो उपाय के तौर पर आज भगवान भोलेनाथ को आपको दूध चढ़ाना रहेगा दूसरी सबसे बड़ी चीज आज के लिए आप किसी को अपशब्द मत बोलिएगा और आपके लिए जो शुभ कलर है वाइट कलर आज आपका शुभ कलर रहेगा अंक तीन आपका शुभ अंक रहेगा और आपको ई नाम और एस नाम इन लोगों से बच के आज आपको रहना है इन लोगों से आपको दुश्मनी आप लोग लाइक बहुत कम देखिए देख और सोलह लाइक करिए कंजूसी क्यों कर रहे हैं तो चलिए अगली राशि सिंह राशि पर आते हैं हमारे शेरों की राशि है आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो हमारे जो शेर बंधु लोग देख रहे हैं वीडियो सिंह राशि के जातक तो सबसे पहले तो नम शिवाय आप लोग बोल दीजिए और आज का दिन बहुत ही मानसिक शांति मिलने वाला है आज कोई पुरस्कार कोई इनाम सरकार के पक्ष से आपको मिलता हुआ नजर आएगा साथ के कुछ लोगों से सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा यदि आपकी कोई देनदारी किसी के ऊपर है तो उसको चुकाते हुए आप नज़र आएंगे अपनी प्लानिंग गुप्त रखें आज कुछ निवेश की सही सलाह आपको मिलती हुई नजर आ रही आज आपको सावधान रहना चाहिए वाहन चलाते समय खासकर वाहन चलाते समय बहुत सावधानी आज रखिएगा सिंहरास के जातकों जी हाँ और जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे अपनी पार्टनर की भावनाओं को आज आप बहुत ज्यादा जो है तवज्जो देंगे ख्याल रखेंगे घूमने फिरने कहीं बाहर भी जा सकते हैं अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा है जोखिम भरे कामों से आज, आज आपको बचना रहेगा तो आज आपको करना क्या रहेगा सिंहरास के जो हमारे जातक है आज केले के पौधे पे चने की दाल और जल ये आपको चढ़ाना रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार आपको जप करना है और शुभ कलर की बात करें तो येलो कलर आपका शुभ कलर है अंक 6 आपका शुभ अंक है दर्शकों आज आपको पी नाम और टी नाम के लोगों से बचना रहेगा तो कन्या राशि क्या कहता है आज का राशिफल राशि भविष्य कन्या राशि के जो हमारे जा तक वीडियो देख रहे हैं तो अचानक आपके मन में कोई बात आएगी जो आपको अंदर ही अंदर सताएगी अचानक आपके मन में कोई बात आएगी जो आपको मन ही मन सताएगी माता के स्वास्थ्य को लेकर आज बहुत ज्यादा आपको सावधानी रखने की जरूरत है इसके साथ साथ कन्या राशि के जात को कंफ्यूजन की स्थिति आज कुछ खत्म होती हुई नजर आएगी जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर होंगे यदि अभी तक आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के कोई मार्ग खुलते हुए दिख रहे हैं पुराने काम को निपटाने का सही समय है आज आप निपटा सकते हैं कुछ बेचैनी मन में रहेगी इसको निपी के साथ शेयर करके सामने आती हुई नजर आएगी आज आपको भगवान भोलेनाथ पर जल में एक चुटकी हल्दी मिक्स करके चढ़ाना रहेगा प्यार के मामलों में अविवाहित लोगों के लिए अच्छा दिन है कोई नया प्रेम प्रस्ताव भी मिलेगा वाइट कलर कलर आपका कलर आपका शुभ शुभ है है है नंबर अंक आपको ओ नाम नाम और यू नाम के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तुला राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है आप बहुत मजबूती और धैर्य से काम लेंगे दिन भर पैसों के मामले में ही आज सोचते रहेंगे शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो अच्छा योग बन रहा है पैसा मिलने का एक्स्ट्रा इनकम का भी योग है भूमि और प्रॉपर्टी के मामलों में भी आज आपको होता हुआ दिख रहा है आज आप जोश में रहेंगे और बुद्धि का उपयोग करेंगे अविवाहित लोगों को, को प्रस्ताव मिलता हुआ दिख रहा है तुला राशि के जातको आज भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में इत्र का दान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य रहेगा पार्टनर की सेहत का बस आज आपको ध्यान रखना रहेगा ऑरेंज कलर आपका शुभ कलर है अंक आठ आपका शुभ अंक है और आपको ए नाम बी नाम और डी नाम इनसे आज आपको अलर्ट रहना है सतर्क रहना है सतर्क रहिएगा ये लोग अगर आपके पास आके मीठी मीठी बातें बोलते हैं तो जान जाइएगा कि हमारा कुछ लेके जाएंगे घाटा कराएंगे चलिए दर्शकों अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो तो आज का राशिफल स्कॉर्पियो के लिए क्या है आज आप जो भी काम करेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा काम की अगर आप तलाश में हैं रोजगार की तलाश में हैं तो नए रोजगार का सृजन होता हुआ दिख रहा है वृश्चिक राश के जातकों घूमने फिरने के लिए अच्छा समय है सोचे हुए काम आज पूरे होने की खुशी आपको मिलेगी अचानक धन लाभ हो सकता है आज आप कई काम एक साथ करने की कोशिश कर सकते हैं इस कारण आज आप परेशान होते हुए नजर आएंगे और भाई बहनों के साथ आज कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं इनको आपको सुलझाना रहेगा पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत आज दिक्कत हो सकती है तो आपको इससे बेसिकली आज बचना है पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा पार्टनर का मूड भी आज, आज आपका ठीक रहेगा वृश्चिक रास के जात को व्यर्थ के खर्च से आज, आज आपको देखिए बचना रहेगा करना क्या है आज, आज आपको आज विष्णु सहस का पाठ आप लोग कर लीजिएगा नहाने के जल में एक जो है चम्मच कच्चा दूध डालकर तब आपको स्नान करना रहेगा अंक 6 आपका शुभ अंक है और बैगनी कलर आपका शुभ कलर आज के लिए रहेगा आपको ओ नाम और पी नाम के लोगों से अलर्ट रहने की आवश्यकता है धनु राशि, सर्जिटेरियस आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो पुरानी चुनौतियों चुनोतिय, चुनौतियों से निपटने के लिए आपको कोई नई बात समझ में आएगी आप कोई ऐसी बात या नई बात सीख सकते हैं जो आने वाले दिनों में आज आपको बहुत बड़ा फायदा देगी। आज आप अपनी का दूर करने की कोशिश करेंगे और निकलिएगा अन्यथा कोई हानि उठाते हुए नजर आएंगे कोई भी नया निवेश करने के लिहाज से दिन आज का ठीक नहीं है भावनात्मक तौर पर कमजोरी या खालीपन महसूस होगा इससे आज आपको सावधान रहेगा सावधान रहना होगा कुछ मामलों में आज आप जिद्दी होते हुए नजर आएंगे इससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आएगा तो आज आपको करना क्या है बरगद के पत्तों पर चंदन से आपको श्री राम लिखना रहेगा 11 पत्तों पर लिखिएगा और हनुमान जी को माला पहना दीजिएगा बस और कुछ भी नहीं करना है सेजिटेरियस के लिए शुभ कलर की हम बात करें तो आपके लिए स्काई ब्लू कलर आज का शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक नौ आपका शुभ अंक है और यू नाम और बी नाम बी फॉर बॉम्बे तो इन नाम के स्पेलिंग के जो लोग हैं उनसे आज आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है चलिए कैप्रिकॉन मकर राशि की ओर बढ़ते हैं आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो मकर राशि के जातकों अभी तक जो स्थितियां चली आ रही थी उनसे काफी हद तक की जो है आज की स्थिति कुछ ठीक रहेगी मुसीबत में जो अभी तक आप थे, चाहे पुरानी टेंशन रही हो चाहे धन से से संबंधी मामले हो, हो, फिर चाहे वो आपका व्यापार रहा हो, उससे आज आप टेंशन से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे खुद पर ध्यान दीजिएगा जरूरत की चीजों पर आज पैसा खर्च होता हुआ नजर आएगा कामकाज में एक्टिव रहेंगे समाज और परिवार दोनों में आज आप बढ़ चढ़ भागीदारी लेंगे धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का सही समय है बाहर जा सकते हैं प्रोफेशनल रिलेशन आज मजबूत होंगे आज आप किसी तरीके का यदि नशा करते हैं तो मत करिएगा परिवार या रिश्तेदारों की वजह से आज आपका कुछ हमारे जातक है ओ नाम और ई नाम के जो लोग हैं इनसे आज आपको अलर्ट रहना रहेगा आज आपको धर्म स्थान पर जाइएगा भगवान भोलेनाथ के मंदिर में और जल में काला तिल मिक्स करके आज आपको चढ़ाना रहेगा इतना छोटा सा उपाय आज, आज आपको करना है कुंभ राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो कुंभ राशि के जात को चंद्रमा की स्थिति ठीक ही ठाक है बहुत अच्छी तो नहीं है आज कुछ आपको हानि होती हुई दिख रही है आज आपके दुश्मनों पर आपको जीत मिलती हुई नजर आएगी आप अपने शत्रुओं पर विजित होंगे मुफ्त में कोई वस्तुए आज ग्रहण मत करिएगा आज यात्राओं का योग है धार्मिक यात्राओं का भी योग है और व्यवसायिक यात्राओं का भी योग बन रहा है विदेशों से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी किसी ऐसे खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा लाभ दे आज पार्टनर के साथ संबंध आपके बहुत ही ज्यादा बेकार रहेंगे इससे आपको बचना रहेगा पार्टनर के ऊपर क्रोध नहीं करना है और कामकाज रहेगा टेंशन रहेगी तो थोड़ा सा योग क्रिया कर लीजिएगा भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिएगा मानसिक स्थिति से जो है आप बाहर आ जाएंगे आप आज करना क्या है पहली बात तो विकलांगों को कुछ मीठा खाने को देना है कुंभ राशि के जातकों को दूसरा आज दूध का अभिषेक भगवान भोलेनाथ पर करना रहेगा आपका येलो कलर शुभ कलर है अंक छः आपका शुभ अंक है आपको जी नाम और ए नाम के लोगों से अलर्ट रहने की आवश्यकता है अंतिम राशि हमारी आती है मीन राशि तो आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है लेकिन बहुत मुश्किल से ही होंगे काम काज संबंधी अच्छे आपको मिलेंगे क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि में है तो अपनी व्यवहार कुशलता और सहन शक्ति से काम ले ज्यादातर चीजें खुद सुलझ जाएंगी पैसों को लेकर पार्टनर से कुछ अनबन होने का योग है पार्टनर के साथ खरीदारी होगी विवाह विवाद के योग बन रहे हैं किसी भी बात में आज, आज आप कमी निकालते हुए नज़र आएंगे इसको आपको बचना है सर आप मुंबई कब आएंगे नमस्ते चलिए ठीक है हम मुंबई आ जाएंगे लगभग आप आप ही बुलाइए आ जाएंगे आपके बुलावे पर 20 से 30 लोगों की जो है आप एक लिस्ट बना लीजिएगा आपके जो भी जानने वाले हैं और आप हमको जो है बता दीजिएगा कब आना है हम आ जाएंगे जिसको भी हमको अपने शहर में बुलाना है तो सीधा सा एक प्रोसेस है कम से कम 20 लोग तो मिनिमम हो ही 20 से 30 लोग होते हैं तो ठीक रहता है एक दिन में 10 कुंडली आराम से देख लेंगे तो दो दिन तीन दिन का जो भी शेड्यूल बनेगा आप बुला लीजिएगा हम आ जाएंगे लेकिन आपको जो है पहले कम से कम 20 से 30 लोगों को वो करना रहेगा बताना रहेगा तो जिस भी शहर में आप चाहते हैं हमको बुलाने के लिए हम आ जाएंगे जैसे दिल्ली से लोगों का फ़ोन आया था तो वहाँ पर भी इसी तरीके से हुआ है उन्होंने जो है बीस लोगों से हमको मिलना है दिल्ली में तो लगभग जो है एक दिन का हमने जो है समय और बढ़ा लिया था तो जो आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो आ जाइएगा कोई दिक्कत नहीं रहेगा तो ये प्रोसेस है आप लोग ध्यान रखिएगा आज आपको करना क्या रहेगा केसर का तिलक मस्तक जुबान नाभि पर लगाना है और आपको केले के पौधे पे जल में हल्दी एक चुटकी डालकर चढ़ाना रहेगा अब आपका शुभ कलर यदि हम बात करें तो येलो कलर शुभ कलर है अंक 6 आपका शुभ अंक है तो ये अंकिता जोशी जी हैं अंकिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर और आपको ई नाम के नाम और इन नाम के लोगों से आज अलर्ट रहने की जरूरत है तो ये तो था हमारा मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि फल अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर श्रावण मास चल रहा है जिनको भी आपको आज का दिन शुभ बनाना है एक उपाय सब लोग कर सकते हैं एक पात्र लीजिएगा एक कलश ले लीजिएगा लोटा बोलते हैं हम लोगों की तरफ उसमें आप जल गंगा जल केसर की पत्ती डाल लीजिएगा और उस केसर की पत्ती को जब डाल लेंगे तो थोड़ा सा आप उसको जो है अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा दो चार पाँच पत्ती डाल लीजिएगा केसर उसमें अच्छे से घूल जाए आपको लेना क्या है सफ़ेद चंदन ले लेना है पाउडर के रूप में जो आता है भगवान भोलेनाथ पर पहले चंदन चढ़ा दीजिएगा उसके बाद उससे अभिषेक कर दीजिएगा रुद्राष्टक के पाठ से देखिए हमने कल के राशिफल में कमेंट में शायद रुद्राष्टक का वो हमने डाला है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं तो रुद्राष्टक के पाठ से अभिषेक करिए धन धान्य की प्राप्ति करिए बहुत ही अच्छा रहेगा दर्शकों ये कार्यक्रम हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से दीजिए अपने सुझाव दीजिए और इसमें हम क्या सुधार कर कर सकते हैं उसका भी जो है आपके जो है जो भी सुझाव रहेंगे सादार आमंत्रित हैं इस चैनल पर तो दीजिए अपने जोशी को इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राम राम आपका दिन शुभ हो मंगलमय हो